वो बचपन की शरारतें वो जू पे खेलना वो माँ का डांटना वो पापा का लाड प्यार पर एक ही और जो इन सब में ख़ास है वो है मेरी प्यारी बहन का प्यार